बच्चा पैदा होते ही नर्स से बोला, नर्स मोबाइल है क्या हा? है तो सही पर तू क्या करेगा मैंने भगवान को फोन करना है मैं पहुंच गया हूं, मेरी वाली को भेज दो <laughs>